घूट लटका बैठी हुआ थी अभी तुम गए नैच देख हरवाया ना, हर ना कहा गए थे कौन से कहा चले गए कहा क्रिकेट खेलवाए हमारे इंडिया हरावाएगा असली मैच को मजा जो है ना वो हमारे इंडिया ने कथे खत्म करके रख दो असली मैच को मजा तो पूरे भारत पाकिस्तान भिड़त है न तो एल ओ सी वाले हमारी बात सुन ले पहले बतावे देखो हमें कितने फायदा होगा टिकट बच गए संडे से बच तो खिलाफ जो टेंशन वो तो हार्ट ये बच गए तुम ही से बच्चा जो सट्टा लगाता थे तो पहले पुलिस धर के हाँ। ले जाती है अब की बार इंटरनेशनल सट्टा भी सारे के सारे करा रहे कब बनवा रहे ड्रीम इलेवन ड्रीम इलेवन का पैसा डुबाए थे धंधा नहीं करेंगे ए भैया हाँ। दोस्तों करना हो तो मैच खेलन तई का है आ जाते हैं विज्ञापन करे हैं अब क्रिकेट ना खेलते हैं जी जितने आते हैं आजकल है आजकल के जो के प्लेयर है ना आजकल के प्लेयर जो क्रिकेट ना खेलते विज्ञापन बिचारे पता नहीं तो बे, है तो भे नशा में आई पी खेल रहे हैं या विज्ञापन की शूटिंग चल रही है अच्छा से बताना चाहिए ना मैच चल रहा है हमें हमें तुम जो बताओ के भैया वो शर्मा लड़का है वो खेलना आ जाता है बाकी पीछे कौन खड़े हुए कतई मतलब आत कछू खेलो उसे हर बार टीम में ले लेते हैं कौन है वो, वो कौन शर्मा लड़का है वो रोहित शर्मा कप्तान है भाई, भाई, भाई बताओ नहीं वो हिटमैन है वो भूल गयो के मैं हेटमैन हूँ दौड़ दौड़ कर रन ले रहा हूँ ही नहीं है तो टी है क्या बताओ जब तो पूरी टीम है ना मालूम है है है है कि राहुल वो बोल्ड की बताना चाहिए और दूसरी बात एक बात हमने ने दो खिलाड़ी बैटिंग करने दी बाकी खिलाड़ी पूरे पेवलियन में बैठे रहे जी हमने करो बता तो खेला 20... नहीं तो <laughs> मतलब पूरे टी ट्वेंटी में इतनी बुरी तरीके से नाक कटा कोई ना हारो हमारी टीम इंडिया हारी अरे हमने बिन के बीस ओवर खेले पूरे बिना फील्डिंग कराई है ना वो हमने सोलह ओवर डाले हम, हमारी बची मेहनत तो बच्ची के नहीं हमें बस इतनी समझ में आ रहा है सबके तो सब भावनाओं के संग इमोशंस के संग खेल के विज्ञापन करके जेब में पैसा डाले और ले घर चले गए <laughs> बोर्ड जो है जिनको भैया हमें समझ सेलेट में हमें जो समझ में आता है कत क्रिकेट खत्म है राजनीति शुरू हो गई आजकल भैया क्रिकेट की खबरें देखनी हो ना तो वो स्पोर्ट वाले पन्ना में न मिलते अखबार के पेज थ्री के पन्ना में मिलते कि विराट कोहली की अनुप्त में बोर्ड ने सिलेक्शन तो अच्छा कर लो बूढ़े खिलाड़ी ढोरा कुमार अब कब तक स्विंग कराएंगे मैंने में ले आके बाकी घर की तरफ स्विंग करा दो विराट कोहली बैठा बना है विराट तो कोहली को ट्वेंटी ट्वेंटी के प्लेयर है ये पचास रन बनाने टुक टुक करके ले को को ना मिल ले खेलने की तो वही तो हो रहा है घास मैट के रख दूर क्रिकेट को अब मजो ना आता भैया देख तो खेल तो देख तो क्रिकेट तो कोई ना, ना देखा के दो चार ओवर देख लेते अभी क्या पन कर कर के? कर, कर कर के के जाने वो हीरो एक जो वो सूर्य कुमार यादव थ्री सिक्सटी डिग्री खेलता बोल रहा थ्री सिक्सटी भैया तो मैं कह रहा है जो शुरू के पांच बा... ओवर खेलते हैं में बत्तीस में तीसरा नंबर ना पाए थ्री सिक्सटी ट्वेंटी डिग्री खेलो बस थ्री सिक्सटी हो नहीं पाओ बचाओ ए भाई ना थोड़ी पता नहीं बहुत आज में बाकी वीडियो फैलाना चाहिए वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाना चाहिए क्या कर रहे हैं वो अब रोहित शर्मा ऐसे माथा पकड़ पकड़े बैठे जहाँ दिखा तो पकड़े बैठे ए, हमें दिखा रहे हो माथा पकड़े बैठे और नोट तो पीट ले तुमने जे सब ना बै, बैट बल्ला वाले खिलाड़ी ना बच्चे जे सब वाले खिलाड़ी ने पोज आते ऐसे बैठ जाओ अबे, अबे देखो आई पी एल आने दो फिर जिनके बल्ला है तो बहिष्कार शुरू कर देना अगर जनता तो है मुझे क्रिकेट खेलन लगे जाने मेरा ड्रीम ये था मैं ये नहीं बन पाती अरे हमारी जनता को ड्रीम तो जब टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में जीते जाए इंडिया हमारी जनता ड्रीम तोड़ दो तुम्हारी ड्रीम को काम है चार डालेंगे अब पाकिस्तान वाले कह रहे हैं बाप हार गाओ बेटा जीतेगा तो हारके आ गो बेटा खेला तुम्हें एक पता ही बात बताया टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप को जो तो, मजा है सो तो खत्म है गो जो की असली मजा तो वही है भाई। इंडिया पाकिस्तान भिड़त ते एक बात और सुन लो सुना अंग्रेजन से कितने डर लगे अब वहाँ वहाँ डीसी ऋषि सुनक बन गधानंत्री तो, तो डर कम होने जाना चाहिए नहीं हमें तो जो समझ में आता है भैया देखो मोदी जी, वो गलती मैं। जी की, की गलती है के सुना मोदी जी की क्या की गलती है बात मोदी जी की बात करनी चाहिए थी तुम पढ़े लिखे नहीं तुम्हें डॉक्टर बना दो मोदी जी कतरा है ऋषि सुना हिंदुस्तानी मेरे दिमाग लगाओ हमारे हिंदुस्तानी की बात एक बात तो है वही अच्छे भले ही वो वहाँ से प्रधानमंत्री है वो अपनी टीम को पावर दे रो जई तो इंडियन की खास बात है। बात कर लेते तो तो जीत जाते खिलाड़ी ना खेले प्रधानमंत्री जितवाए कितनी मेहनत खिलाड़ी अरे भैया तुम बहुत दो तरफा बात करते हो भैया हम जा रहे हमसे आज बहुत मतलब तुम हमारे हमें आए तो पैसे बच गए राम राम मेलबान में राम राम हो मेलवान की पढ़ी वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का